मेरे भाई बर्बाद किया तूने आ, मेरे भाई भाई बोल बर, तू क्या समझता है हा? मेरे भाई बर्बाद कर बच्चा तू बच्चा खा तू हाँ तू हा? कमी है मेरे भाई बर्बाद किया तू क्या समझता तू बच जाएगा हाँ। सूरज नहीं सूरज क्या कर रहे हो तुम सपना चली जो हमारे बीच में बताओ हमारी तो शादी होने वाली है सूरज हमारी शादी नहीं होगी सपना उतार दो ये शादी को जोड़ा <laughs> हमारी शादी नहीं होगी नहीं मिलने दी गई ये दुनिया में <laughs> भूल जाओ ये सारे ख्वाब भूल जाओ वो मेरा भाई अस्पताल में अभी जान के लिए लड़ रहा है मौत से से, से, से। लड़ रहा है। सब इसकी सपना, इसकी वजह वजह वजह सपना, मैंने मैंने कुछ नहीं किया तो हमारी शादी के लिए मांग गए थे, धूमधाम ऐसी तो कर रहा था अगर तुमने मेरे भाई को कुछ किया तो क्या क्या कहा प्यार मर गया तुम्हारे भाई पर बात आई तो प्यार मर गया वो अस्पताल में पड़ा जो हर सांस के लिए लड़ रहा है क्या लगता है वो तुम्हारा हाँ क्या लगता है वो तुम्हारा आ? क्या है वो हाँ? वो मेरा, वो मेरा भाई है वो भाई मेरा भाई है वो ठीक कहता था वो प्यार व्यार कुछ भी नहीं सब बकवास है।, है तो सिर्फ दुश्मनी। ही भूल गया था मैं कि तुम दुश्मन की बहन हो दुश्मन की रॉय तेरी बहन की वजह से मैं तुझे जिंदा छोड़ के जा रहा हूं मेरा भाई यहां आया था यह दुश्मनी खत्म करने लेकिन मैं यह कहता हूं यह दुश्मनी अब शुरू होगी अब so <small>